Uh, बहुत अच्छा मशीन है एकदम मेंटेनेंस फ्री अभी पिछला तीन साल से हमको अभी तक कोई ऐसा ब्रेकडाउन नहीं हुआ और परफॉर्मेंस वाइज द बेस्ट मशीन आई कैन से थैंक यू